इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब कि आईसीसी आईसीसी में सबसे ज़्यादा किसके पास अवार्ड है वो मैं गिनाने वाला हूँ और उसमें से पांचवा नाम आता है क्योंकि पॉन्टी है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और उसके पास तीन अवार्ड है और आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पे भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टीम स्मिथ इसके पास चार अवार्ड है और आगे बढ़ते हैं तो हम सब प्यारे एम धोनी का नाम आता है तीसरे नंबर पर और इसके पास भी चार अवार्ड है और आगे बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पर कुमार सांगकरा का जो श्रीलंकन प्लेयर है उसका नाम आता है और इसके पास चार अवार्ड है और सबसे ज्यादा हमारे किंग कोहली मतलब कि पहले नंबर पे हमारे किंग कोहली का नाम आता है और इसके पास नो आईसीसी के अवार्ड है मतलब आप सोचो अभी भी विराट कोहली के पास चांस है आईसीसी के अवार्ड लेने का आपको क्या लगता है कितने अवार्ड ले पाएगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप सबके पारे ए बी का नाम जानना चाहते हो कितने नंबर पर तो कॉमेंट सेक्शन में दिया है कॉमेंट सेक्शन चेक करो और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब